Hi guys, welcome back to my channel. And today's video, आज की video में मैं करने वाली हूँ pink बूट unboxing अनबॉक्सिंग जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से आप साइड में देख सकते हैं एंड मुझे डिलीवरी चार्जेस से लेके बूट का प्राइज सब कुछ मिलाकर कम से कम फाइव हंड्रेड रुपीज़ बनाए एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ सो विदाउट एनी फर्दर एडू है बॉक्स जिसमें आए boot मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था तो मैंने इसके ऊपर टेप लगा के इसको सब कुछ ख़राब कर दिया एंड गाइस मैंने अंदर से नहीं खोला गाइस अभी तक सो so गाइस ये है बूट गाइस पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा मिला है सो so गाइस अभी मैं खोल के देख लेती हूँ मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं है सो गाइस ये है बेबी पिंक कलर के बूट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाइज़ ऊपर से तो पिंक कलर है एंड इधर से वाइट वाइट कलर है एंड इनकी हिल्स को 2.5 पॉइंट इंच हील है इनकी सो so, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और फिर इस वीडियो के बाद मैंने इनको पहन के भी देखा काफ़ी कम्फर्टेबल है एंड गाइस मैंने रिव्यू पढ़े बिना तो कोई चीज़ लेती नहीं हूँ सो गायज मैंने इनके रिव्यू पढ़ा तब तो उनके तो अंदर वाले वाइट कलर के बट मेरे पिंक कलर के हैं गाइज अंदर से काफ़ी अमेजिंग है गाइज उन सब के वाइट कलर में थे और अंदर से मेरे तो पिंक कलर के एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड दूसरे वाले को भी खोल के देख लेते हैं एंड गाइस यहाँ पर मेरा साइज भी मेंशन है मैंने साइज सेवन मंगवाया गाइस क्योंकि मेरा पैर बड़ा है इसलिए So guys, दूसरा बूट भी कुछ इस तरह से है गाइज यहाँ से ये खुलता नहीं है ऐसे ही है और ये चैन खुलती है गाइज बट ये बूट में जाके नहीं खुलती है गाइज यहाँ पे अंदर फॉर्म लगा हुआ है कुछ अच्छा है बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है अंदर से ये भी पिंक कलर में ही है डिजाइन है दोनों ही इतनी हील मेरी हील्स की भी थी एंड इतनी हील इनकी भील भी है मैं पता नहीं नहीं क्या बोल रही हूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कलर लगा इतने क्यूट कलर है सो so गाइज अभी मैंने आपको इनका रिव्यू तो दे दिया काफी अच्छा है एंड प्राइस के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी है गाइज And, uh, मैं आपको अभी फोटो मेंशन कर दूंगी सो so, आप पहले फोटोज देख लीजिए, गाइज एंड ये फोटोज मैंने खींची लो एंगल में एंड गाइज सच में इतने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग आईज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना एंड वीडियो को कर दीजिए कर सकते हैं एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा फॉर वॉचिंग आईज